माई हो माई तोहर गुण गाए माई हो माई तोहर गुण गाए माई तो हर गुनावा हाँ। माई तो हर गुनावा तो गुन के नई माई हो माई तोहर गुण गाई माई होम आई तोहर गुण गई नवा महीना मैया गर्भ में रखलू अपन खून मां तु हम के पियालू नौवा महीना मैया गर्भा में रखलू अपन के पियालू मैया हमारा के पोसलू मैया दूधवा पिलाई माई हो माई तुम तो गुण माई हो माई तो माई के ममता क्वेश्चन होला खुद भूख रह के मैया हमके खियाू खुद भूख रह के मैया हमके खियाू अंगूरी पकड़ी के चल के सीखलू खुद भुखर के मैया हमके खियबलू अंगूरी पकड़ी के चल के सीखलू हमक सुतौलू मैया हमक सुतौलू मैया लोरी सुनाई माई हो माई तुह तो माई कैसे लोरी सुनावेली बबुआ के अपना सुतावे खातिर हवा जैसे रोज आबेलू जैसे रोज आवे लूठू तेरा सुन के आई हो अर नींदिया नींदर बन से कैसे रोज आवे लू टू तेर सुन के अंदिया नींदर बन से माई अपना बाबू के आशीर्वाद दे तारी हो के को बड़ा होके हमारो ललन राज करी हैं बड़ा होके हमारो ललन राज करी हैं हीरामती मुंगा बात दिन रात खेली हैंती मुंगा बात दिन रात खेली हैं घरबा भर लही घरबा भरल रही कन धन से घरवा भर लही धन से अंदिया नींदर बहन से हमके सुतवलू मैया हमके सुतवलू मैया गोरी सुनाई माई हमाई तो हर गुन गाय माई हमाई तो हर गुन गाय माई तो हर गुनावा माई तो हर गुनावा के उसे ना दियाई माई हो माई हो माली होमायर गुण गाय माली होमायर गुण